असल गाइज़ आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल इजी रेसिपी भी दिख रहा है आज हम बनाएंगे मज़ेदार चिकन कढ़ाई जो बहुत इजी तरीके से बनेंगी और बहुत जल्दी बन जाएगी तो इसके लिए जो, मैं चीज़े चार जो हमें चीज़ें चाहिए चारा जो है मैंने टमाटर ले लिया हैं अगर आप पास लाल कलर के हों तो बेस्ट है लेकिन यहाँ से हमें यहीं मिले तो मैंने ये ले ली है और आधा किलो चिकन लिया है एक पैली दही किया इसमें मैंने आधा चम्मच चाट मसाला और आधा चम्मच दाल मिर्च जो है वो डाल के इसको मिक्स करके रख दिया और लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने लिया है एक इतना सा पिंच मैंने अदरक का ले लिया और चार पांच पिछले चवे मैंने लहसुन के ले लिए और इसको पेस्ट बना लिया और मसालों में मैंने अदरक लिए गार्निश के लिए इस तरह से चॉक कर लिए इसे गर्म मसाला जो है मैंने लिया ये एक चाय का चम्मच आधा चाय का चम्मच हल्दी है आधा चाय का चम्मच ये काली मिर्च है और ये एक चाय का चम्मच जो नमक है आप अपनी टेस्ट के मुताबिक ले, ले और ये मिक्स पैकेट वाला जो होता है डिब्बे का फुल ब्रांड का आप ले लेंगे कड़ाई पोस्ट का मसाला है और जीरा मैंने लिया है आधा चाय का चम्मच और कुछ ये काली मिर्च भी साबुन एक ही पिंच लिया मैंने दालचीनी का दो लौट लिए है और कुछ फूल में एक चम्मच तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं टमाटर जो है इस तरह से मैंने दो पीसेज में कटिंग कर लिया उसको हम आधे ग्लास पानी में डाल के इसका जो है छिलका ये जो है ऊपर का उतारते हैं पानी में मैंने डाल दिया तो इसमें और पानी डालेंगे और इसको ढक देंगे जब तक ये नरम हो जाए तो जो ये वाली स्किन है उतार दें अब तो हम जो है चिकन को मैरिनेट कर लेते हैं ये लहसुन अदरक का पेस्ट ये मैंने डाल दिया है और ये जो दही है ये भी डाल दी है मैंने तो ये मसाला जो है ये और ये सारी चीजें जो है डाल देंगे अब ये तीन चीज़ें नहीं डालेंगे हम मेथी अदरक और ये गर्म मसाला इनको हम मिक्स करके रख लेते हैं ये देखिए जो चिकने ये सोना शुरू हो गया है इस तरह से हम जो है इसको रिमूव कर कर लेंगे और इसको पेस्ट बना तो बहुत है से अब ये करें। इस सारी कर लेते हैं। देखिए मैंने जो है टमाटर टमा उसके छिलकड़ लिया फिर जो है इसको थोड़ी देर मैंने तो उसी पानी में पकाया फिर वो पानी डाल के इसको मिक्सी में डाल के मिक्स कर लिए एक कप कढ़ाई में ऑयल डाल के उसको थोड़ा सा गर्म करके कढ़ाई में डाल देंगे देखिए टमाटर जो है बिल्कुल पक के रेडी हो गया ही ऑयल आप देख सकते हैं इसको दो से ढाई मिनट लगे हैं पकने में अब जो है इसको हम निकाल के साइड पे रख लेंगे पेस्ट जो है मैंने निकाल के साइड पे कर दिया अब जो है ये चिकन मैरिनेट किया हुआ ये इसमें डाल देंगे हम ये जब जब जब तक जो है दही का पानी निकल जाता तब तक हम इसे ढक के पकाएँगे तकरीबन पाँच मिनट तक, तक इसको ढक के पकाएंगे देखिए इससे पाँच मिनट जो है हो गए हैं पके हुए अब जो दही का पानी अच्छे से निकल चुका है अब जो है इसी पानी में जो चिकन है कल जाएगी तो फिर से हम रख देते हैं पकाते हैं देखिए आधा पानी जो है खुश्क हो गया और जो है चिकन भी है जो आधी दन हो चुकी है तो इसमें जो पेस्ट मतन आया था टमाटर का वो इसमें सारा डाल के उसको तो अच्छे से भून लेंगे देखिए चिकन जो अच्छे से गल गई और मसाला भी मैंने अच्छे से भून लिया घी भी आ गया ऊपर तो अब जो है हम इसमें एक चम्मच जो है लेमन जूस का डाल देंगे और इसको मिक्स करेंगे कसूरी मेथी भी डाल देंगे जो फिर कढ़ाई की जो जान है ये कसूरी मेथी इसमें जरूर ऐड होगी और साथ ही इसकी गरम मसाला भी हम शामिल कर देंगे इसको एकदम अच्छे से मिक्स करके प्लेट में निकाल के मैं आपको फाइनल जो है सीख खाती हूँ देखिए मज़ेदार सी जो है चिकन कढ़ाई हमारी बहुत ही तरीके से बन के रेडी हो गई है इसके ऊपर ज़रा से ये जो है अदर के पीस जो स्लाइसिस हमने काटे थे इसके ऊपर ये और अब खूबसूरत लग रहा है थोड़ी सी हरी मिर्च ले आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक कर दें शेयर करें सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकोन को प्रेस करें ताकि मेरी अगली वाली आने वाली वीडियो जो है आपको बादशानी मिल जाए मिल जाए अगली वीडियो में जब तक के लिए अल्लाह हाफ